दो बातें जिंदगी के लिए जो आपको कभी गिरने नहीं देंगी जिस रिलेशनशिप में आपके साथ मजाक हो रहा हो उस रिलेशनशिप को ऐसे तोड़ दो जैसे पूरा रिलेशन ही मजाक हो फैक्ट नंबर टू जिसके पास सब्र नहीं है उसका ना तो कोई भविष्य है और ना ही उसका कोई वर्तमान है ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और मोटिवेशनल स्पीचेस आगे भी देखने के लिए चैनल को अभी सपोर्ट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग